हाथी और की कहानी एक राज्य में एक राजा का शासन था हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी एक दिन राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था जुलूस निकलने वाला था वह वा चूहा था तो छोटा सा मगर उसका गमन बहुत बड़ा था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी राजा अपने पूरे के साथ था। उसके हुए थे कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था हाथी शाही था इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनती थी जुलूस में हाथी के साथ एक शाही गिल्ली और एक कुत्ता थे। राजा का जुलूस देखने को उमर भी राजा के साथ साथ उसके शाही आदि की भी प्रशंसा कर रहे थे। यह सुनकर चूहे को बहुत बुरा लगा वह हाथी को गौर से देखने लगा फिर सोचने लगा इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं मैं भी उस जैसे ही हूँ मेरे पास भी दो आंख दो कान एक नाक और चार पैर है फिर उसकी कितनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण लंबी सुन के कारण छोटी छोटी आँखों के कारण या जूड़ीदार जमंडी के कारण इस कारण एक बार तुम लोग मुझे देख लो उस हाथी को भूल जाओगे मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ जुहे ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लाट टपक गई जुलूस चोर वह उसकी ओर लपकी फिर क्या था छुआ अपनी सारी महानता भूल कर धूम दबा कर भागा के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस से को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया छुआ उसके पैर के नीचे कुछलने ही वाला था मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। कुत्ता तो सामने था तो उसे गुराया। पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया उसका सारा गमंड उतर चुका था उसे समझ आ चुका था कि वह कितना भी श्रेष्ठ और महान नहीं सी किसी से मात्र रूप रंग की सामान्यता हमें महान नहीं बनाती महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं